नमस्कार दर्शकों मिथुन राशि के जातकों नवंबर माह आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर के खास नया कुछ आया है इस पर अंत तक चर्चा करेंगे बने रहिएगा साथ ही साथ नवंबर माह को प्रभावी आप कैसे बना सकते हैं पिछले मंथ की भांति इस महीने भी नवंबर माह के लिए शुभ और अशुभ दिवस कौन कौन से हैं ये भी हम आप लोगों को बताएंगे साथ ही साथ दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से बताना चाहेंगे कि जो भी दर्शक 16, 17 नवंबर को मुंबई में मिलना चाहते हैं आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और तेईस और चौबीस तारीख को दिल्ली में यदि मिलना चाहते हैं तो पर्सनली हमसे मिल के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं तो दर्शकों दो तारीख शनिवार दिन रहेगा दो नवंबर छठ पूजा रहेगी तीन तारीख रविवार दिन रहेगा भानु सप्तमी रहेगी और चार तारीख को चार नवंबर को सोमवार दिन रहेगा गोपाष्टमी रहेगी और पाँच तारीख मंगलवार अच्छे नवमी दर्शकों रहेगी वहीं आठ तारीख को जो है देवोत्थान नामक एकादशी का व्रत रहेगा बारह तारीख को तुलसी विवाह रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा शनिवार कि दिन रहेगा शनि त्रयोदशी रहेगी 10 तारीख रविवार दिन दर्शकों बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रहेगा वहीं 12 तारीख मंगलवार दिन जो है रहेगा और कार्तिक पूर्णिमा रहेगा उसका स्नान भी कहते हैं और इसके बाद 15 तारीख को शुक्रवार दिन चूँकि रहेगा और चतुर्थी रहेगा वहीं 17 तारीख को रविवार दिन रहेगा वृश्चिक संक्रांति रहेगी सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा नीच के जो अभी तक सूर्य चले आ रहे थे काफ़ी कुछ इस महीने आपको परेशान किए हैं अब परेशान करना बंद कर देंगे उसके बाद 19 तारीख को मंगलवार दिन रहेगा काल भैरव जयंती रहेगी और 22 तारीख को उत्पन्ना नामक एकादशी का व्रत रहेगा तेईस तारीख को शनिवार दिन रहेगा गौड़ उत्पन्ना एकादशी व्रत रहेगा और चौबीस तारीख को रविवार प्रदोष व्रत रहेगा वहीं छब्बीस तारीख मंगलवार दिन रहेगा और अमावस्या भी रहेगा दस अमावस्या रहेगा तीस तारीख शनिवार विनायक चतुर्थी रहेगी तो ये तो थे नवंबर माह के प्रमुख व्रत कौन कौन से हैं त्यौहार कौन कौन से इन पर हमने दृष्टि डाल ली दर्शकों आगे बढ़ने से पहले कई दर्शकों के ये प्रश्न रहते हैं कि पंडित जी ये राशिफल किस पर आधारित है तो ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्ध व्यवहार के नाम राशि प्रधान उत्तम जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानमंत्री तो नाम राशि ना चिंता है तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जब भी विवाह करिए या आपको राशिफल देखना हो या मांगलिक जो है कुछ करना है तो जन्म राशि की ही प्रधानता दी जानी चाहिए तो मिथुन राशि के जात को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ग्रहों की जो है वास्तविक स्थिति क्या रहेगी तो राहू आपके लग्न में ही क्योंकि पहले घर में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में है दूसरा सूर्य बुद्ध मंगल सात नंबर देख सूर्य यहाँ पर नीच के हो जा रहे हैं तो ये आपके पंचम भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं सत्रह तारीख को सूर्य देव वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे अभी हमने आपको बताया था ना वृश्चिक संक्रांति तो इसी को वृश्चिक संक्रांति कहते हैं वही वृश्चिक राशि में शुक्रदेव विराजमान है गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है देव गुरु बृहस्पति स्वाग्रही हो गए हैं जो जन्म कुंडली में हंस महापुरुष नामक योग बनता है ये आपकी कुंडली में बन चुका है लेकिन अभी केतु हैं और शनि है तो इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा तो गुरु केतु शनि ये राशि में चलायमान है चंद्रमा को यहाँ पर मानक मान करके चूँकि एक चार्ट में जो है चंद्रमा की स्थिति हर जो है सवा दो दिन में अपनी कक्षाएँ चेंज करता है तो पॉसिबल नहीं थी तो चंद्रमा को मानक मान करके ही गणना दर्शकों किए हुए हैं दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ जो है राशिफल ग्रहों के आधार पर आधारित है नक्षत्रों के आधार पर वास्तविक स्थिति आपके जीवन पर क्या चल रही है इसमें जो है राशिफल केवल आपका तीस से चालीस ही एकोरेट होगा वास्तविक स्थिति जानने के लिए देखिए आपकी जो है जीवन में कुंडली में जो है आपके नक्षत्र कौन कौन से हैं कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में आपकी महादशा क्या चल रही है जो महादशा चल रही है वो ग्रह कहीं त्रिक भाव में तो नहीं है छः आठ बारह में तो नहीं है तो काफ़ी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती योगनी दशा आपकी क्या चल रही है यदि आपको करियर से रिलेटेड जानना है तो लग्न कुंडली के साथ साथ नौमांश और डी टेन चार्ट दशांश कुंडली का जो है विश्लेषण यहाँ मायने रखता है आपके वैवाहिक जीवन में कोई बाधा आ रही है तो लग्न कुंडली के साथ साथ डी नाइन चार्ट क्या कह रहा है भावचलित कुंडली आपकी क्या कह रही है अष्टक वर्ग क्या है सब अष्टक वर्ग तो ये सभी चीजें देखिए आपको दर्शकों अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही पता चलेगा संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो डी सेवन चार्ड का अध्ययन किया जाता है तो ज्योतिष बहुत ज्यादा ब्रॉड है नक्षत्र बहुत ज्यादा इसमें मायने रखते हैं तो फिर भी दर्शकों आप लोग इसको देखिए और जो भी हम प्रयोग बताएंगे ये आप लोग करिएगा दर्शकों एक जो है मतलब 17 तारीख से लेकर के 30 नवंबर तक सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे 13 नवंबर को बंगल जो देखिए तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे इसके साथ साथ दर्शकों जो है हम बताना चाहेंगे कि 17 नवंबर को बुद्ध देव मार्गी होकर के तुला राशि में भ्रमण करेंगे मार्गी हो जाएंगे गुरु धनु राशि में रहेंगे शुक्र 21 तारीख को ये जो अभी आप देख रहे हैं आठ नंबर में ये इक्कीस तारीख को धनु राशि में चले जाएंगे शनि का जो भ्रमण रहेगा यथावत रहेगा राहु और केतु जो है क्रमशाह जो है राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में रहेंगे तो नवंबर का या माह ऐसा बीतेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए तो इस राशि वालों के लिए यह महीना सामान्य नहीं माना जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया प्रयास देखिए आपको सफलता दिलाएगा पंचम स्थान देखिए पंचम स्थान पर सूर्य बुद्ध मंगल बैठे हुए हैं सूर्य यहाँ पर देखिए जा करके नीच के हो गए हैं लेकिन यहाँ पर मंगल आ गए हैं और बुद्ध बैठे हुए हैं इसके साथ साथ दर्शकों यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि पंचम स्थान जो होता है ये आपके होता है विद्या का ये आपकी होता है बुद्धि का ये आपके होता है विवेक का ये आपके होता है मांगलिक कार्यों का यह होता है आपके संतान के पक्ष का तो दर्शकों सफलता आपको दिलाएगा आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रयास तो करिए आप उसमें सफल होंगे आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है आपके बच्चों का विवाह हो सकता है शादी हो सकती है इसके साथ साथ भवन निर्माण के लिए किए जा रहे प्रयास आपके सफल होंगे यदि लड़की की शादी तय होने की जो है अभी तक नहीं हुई है तो इस माह आपकी कन्या की शादी तय हो जाएगी वहीं सरकार से जुड़े मामलों में प्रगति होगी इसके साथ साथ दर्शकों बताना चाहेंगे आपकी जो कार्य योजनाएँ हैं ये आगे बढ़ेंगी राजनीति करने वाले जातकों के लिए एक नई नई जो है दिशा मिलेगी डि uh, टू यहाँ पर हंस महापुरुष नामक जो योग बना हुआ है दूसरा यहाँ पर कर्म क्षेत्र के मालिक जो बृहस्पति बनते हैं बृहस्पति अपने घर में आ गए जो सप्तम स्थान होता है ये आपके साझेदारी का भी होता है तो साझेदारी में आपको कोई जो है नया बिजनेस आप लोग कर सकते हैं और एक बात बताना चाहेंगे कि कोई नए यहाँ पर आप पार्टनर बना सकते हैं वैवाहिक संबंधों में यदि अभी तक केतु और शनि के कारण काफी पीड़ा होती हुई आई है तो ये माँ कुछ राहत लेकर के आया है लेकिन दर्शकों जो आपके प्रत्यक्ष शत्रु थे वो अब खत्म होना शुरू हो जाएंगे वो आपके आगे सर नहीं उठाएंगे देखिए जो सप्तम स्थान होता है ये आपके प्रत्यक्ष शत्रुओं का होता है प्रत्यक्ष शत्रु जो आपको दिखाई पड़ते हैं इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप कोई निर्णय जो है इस माह सोच समझ कर लीजिएगा अन्यथा कोई बहुत बड़ा आप लॉस भी अपना कर सकते हैं गले में इन्फेक्शन की वजह से आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है करियर व व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यापार में थोड़ी बहुत हानि हो सकती है नौकरी करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर सितारे संयमित रखने की जो है सलाह दे रहे हैं वही दाम्पत्य जीवन में जो तनातनी का माहौल है वो कुछ हद तक की कम होगा इस माह आप लोग बाहर जा के किसी धार्मिक यात्राओं जाने का योग बन रहा है दर्शकों एक से छह नवंबर तक का जो समय रहेगा जो आपके लिए विरोध कर रहे थे वो शांत होते हुए नजर आएंगे लाभ के विभिन्न मार्ग मार्ग यहाँ पर प्रशस्त होंगे इसके साथ साथ कार्यों तथा वाद विवाद में आपको सफलता मिलेगी समझौतों तथा सहयोग तथा एग्रीमेंट में आपके विचारों तथा सुझावों की प्रधानता रहेगी सहयोगी तथा जो आपके सहयोगी थे साझेदार थे इनसे आपके जो विवाद चले आ रहे थे तो जुपीटर आ गए हैं तो ये खत्म होते हुए दिखाई पड़ेंगे इसके साथ साथ दर्शकों आपको बताना चाहेंगे दाम्पत्य जीवन तथा संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा किसी अनजानी अनचाही विपत्ति से चमत्कारी रूप से आपको बचाव होगा प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग के उपरांत भी राजकर्मियों से सहयोग का अभाव रहेगा उच्च अधिकारी तो आपको मानेंगे लेकिन आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं आपके सहकर्मी लोग हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे किसी शुभ कार्य के लिए यात्राएं होंगी यात्राओं में दुर्घटनाओं से बचाव होगा जो आपके कैश का फ्लो है ये कुछ गड़बड़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो इससे आपको बचना रहेगा खर्च नहीं करना है ज्यादा आपको कोई उधार मांगे तो आपको उधार भी नहीं देता है वहीं 7 नवंबर से जो है मंथ के एंड तक की आकस्मिक रूप से किसी से झगड़े ज़, झंझट में फंस सकते हैं योजनाओं के अनुरूप कार्यों में आपको सफलता नहीं मिलेगी मानसिक तथा कुछ शारीरिक कष्ट रहेगा घर परिवार से थोड़ी सी दूरी आपको बनानी पड़ सकती है आप अलग रह सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपके शरीर में शिथिलता आएगी प्रेम प्रकरण तथा वार्ताओं में कुछ असफलता प्राप्त होगी सूर्यदेव नीच के हैं तो अपने पार्टनर पर आपको शक नहीं करना रहेगा आपका स्वास्थ्य देखिए कुछ खराब रहेगा महिलाओं के कारण कुछ आपको जो है हानि का सामना करना पड़ सकता है कुछ अपमान की भी स्थिति दिखती है देखिए जो पहला हाउस होता है लग्न होता है ये आप खुद होते हैं आपका नेम क्या होगा आपका फेम क्या होगा आपका गौरव क्या होगा आपके अंदर विनम्रता कितनी है आप कितना फेमस होंगे ये सब लग्न दिखाता है तो कोई ना कोई एलिगेशन आपके ऊपर लग सकती है किसी महिलाओं की वजह से तो इन चीज़ों से आपको देखिए बचना रहेगा तो दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे मिथुन राशि के जात को वार्षिक राशिफल 2020 भी हमारे चैनल पर पड़ गया है गुरु का राशि परिवर्तन भी आप लोगों के लिए पड़ गया है आप लोग जा कर के हमारे चैनल को देख सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों 16 और 17 तारीख को मुंबई में मिल सकते हैं 23 और 24 तारीख को दिल्ली में हमसे मिल के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा जो है सकते हैं शिवम जी का एक चैनल है राजनीति से जुड़ा हुआ आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जा कर उसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं अब बढ़ते हैं उपाय की ओर लेकिन उससे पहले इस माह के लिए जो सर्वाधिक शुभ दिवस है ये आपके लिए कौन कौन से रहेंगे तो एक और दो तारीख आपके लिए शुभ रहेगा चार और पाँच तारीख आपके लिए शुभ रहेगा उसके बाद नौ तारीख ग्यारह तारीख सत्रह तारीख उन्नीस तारीख बाईस तारीख अट्ठाईस तारीख आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगी वही प्रतिकूल दिवस की बात करें जो आपके अनुकूल नहीं रहेगी तो तीन तारीख आठ तारीख दस तारीख तेरह तारीख पंद्रह तारीख चौबीस तारीख छब्बीस तारीख तीस तारीख आपके लिए शुभ नहीं रहेगी इन चीज़ों इन तारीख़ में आप लोगों को बचना रहेगा किसी को कैश वगैरह मत दीजिएगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा दूसरा दर्शकों किसी से लड़ाई झगड़ा झंझट मत करिएगा कोर्ट कचहरी कर के यदि आपके डेट हैं तो आगे बढ़वा दीजिएगा तो दर्शकों शुभ कलर आपके लिए क्या रहेगा देखिए आपके जो भाग्येश बनते हैं शनि और शनि की तीसरी दृष्टि भी जो है आपके भाग्य के घर पर पड़ रही है तो सर्वथा शुभ कलर जो रहेगा इस माह आपके लिए ग्रे कलर अच्छा रहेगा ब्लैक कलर अच्छा रहेगा ब्राउन कलर अच्छा रहेगा ग्रीन कलर भी आपके लिए अच्छा रहेगा उपाय प्राप्त चलते हैं दर्शकों इस माह के लिए सर्वदा आपके लिए जो है जो बहुत अच्छे उपाय रहेंगे आपको क्या करना रहेगा देखिए सर्वप्रथम जो पंचम स्थान पे नीच के सूर्य हैं इनको आप सही करिए तो इनके लिए आपको करना क्या रहेगा प्रत्यक्ष देव है तो प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ आप लोग जरूर करिए रविवार वाले दिन आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है आपके ब्लड में नमक नहीं घुलना चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रतिदिन श्री सूक्त व लक्ष्मी सूक्त का आप लोगों को पाठ करना रहेगा इसके साथ साथ पैसा इस माह किसी को उधार मत दीजिएगा अन्यथा आपका पैसा डंप हो जाएगा फंस जाएगा मंगलवार को आपको गाय को बेसन की बनी हुई कोई चीज खिलानी रहेगी आप लोग खिला सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों रविवार वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि मंदिर में गेहूँ का गुड़ का दान आप लोग जरूर करिए और सूर्यदेव के जो वैदिक मंत्र हैं इनके मंत्र की जो है संडे वाले दिन एक माला का जाप आप लोग जरूर करिए तो ये तो थे मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ अनुभूत प्रयोग उम्मीद करते हैं हमारा यह राशिफल आपको पसंद आया होगा दर्शकों नए हैं तो लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और हां दर्शकों पुनः सोलह और 17 तारीख को मुंबई में 23 24 तारीख को दिल्ली में और वार्षिक राशिफल 2020 गुरु का राशि परिवर्तन ये सब चीज़ें आप लोग जा कर इस चैनल पर देख सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार